तो गाइज़ कैसे हैं आप लोग तो आज क्या शायरी का ब्लॉग बनने वाला है तो आप लोग को ब्लॉग में जुड़े रहिए तो आज एक से एक बड़ा बड़ा शायरी देने वाले हैं तो ये शायरी हमारे झारखंड के यूट्यूबर लोग के लिए है और ज़्यादा ख़ास करके हमसे जो जलते हैं उसके लिए शायरी ये ज़्यादा है तो गाइज आप लोग शायरी सुनते रहिए और एक से एक मज़ेदार शायरी बोलने वाले हैं अजी दून क्या बिगड़ी जिंदगी की खुद को बांसुरी तो हमें बाजा समझने लगे अजी तालमेल क्या जिंदगी का खुद को तो हमें बाजा समझने लगे हमने अपना ताज के लिए क्या भेजा कुछ खुद को राजा समझने लगे वह सुंदरता जमा घुमान चला पांच टका दलाली लापता है मंजिल में चैन हमारा अजी लापता है मंजिल में चैन हमारा सुकून तो सुकून में है ही नहीं और क्या करें जनाब मौके तो बहुत मिले मसूद होने के लेकिन गुलामी शेर तो है है को शिकार चाहिए पेट नहीं भरता पास्ते से अजीत शेर को शिकार चाहिए पेट नहीं भरता पास्ते से और लड़कियाँ तो नाराज होती है हम सीधा हटा देते है रास्ते से अजी स्वागत है उनका जो हमारा रास्ता रोकते हैं अजीब पर नाम है उनका जो हमारा रास्ता रोकते हैं से तब भी नहीं रुकता जो शौक रुकते बुकते हैं अजीब खतरों से खेलना आदत है अपनी हम बड़ी सोच के राजे हैं छोटी सोच के गुलाम नहीं अजीब मुसीबतों से भेजना आदत है अपनी हम बड़ी सोच के राजे हैं छोटी सोच के गुलाम नहीं तेरी औकात से बाहर है सर्कस के दिन छोटू हमारे बगल में जिगर वाले बैठते नहीं ये बच्चों के लिए एक शारी है ये सोलिएगा जरूर आजकल के बच्चे बड़े ही कमाल करते हैं कि आजकल के बच्चे बड़े ही कमाल करते हैं मोहब्बत के नाम पे बवाल करते हैं और अपना नाम लेला उसका नाम मजनू रखते हैं